आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहसन पर योग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वाणी से परे परमात्म स्वरूप पर स्थित हो जाना परम धाम में सर्व के स्वरूप पर जितना अधिक समय हम बुद्धि को स्थित करेंगे उतने हम शक्तिशाली बनते जाएंगे यही स्थिति विश्व कल्याण के निमित्त बनती है महदानी बनना विश्व कल्याणकारी बनना वरदानी बनना सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करा देना स्थिति के द्वारा ही संभव होगा वाणी वाणी से परे, में तो सभी रहते हैं और वाणी में रहने का आनंद भी सहज मिलता है लेकिन वाणी से परे रहना परम धाम में बुद्धि को स्थिर रखना यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है इसके लिए हमें बार बार ऐसा रिधि होने का अभ्यास करना होगा और अपनी वाणी को भी नियंत्रित संयमित करना होगा जो मनुष्य अपनी वाणी को ही कंट्रोल न कर सके वो भला विश्व को क्या कंट्रोल करेगा तो हमें वाणी से परे की स्थिति में चलना है दूसरी बात इसमें बहुत अभ्यास की भी जरूरत है बार बार अभ्यास करने से कोई भी कठिन चीज सरल हो जाती है हम बार बार परम में शिव बाबा के उस तेजस्वी महाज्योति स्वरूप को निहारा करें बिल्कुल क्लियर वो हमें दिखाई दे किसी और कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है साथ साथ अंतरमुखी रहना अगर कुछ समय मौन का अभ्यास कर लिया जाए और किसी के लिए संभव है तो कुछ दिन मौन रख लिया जाए और इस अभ्यास में तत्पर रहा जाए तो ये अभ्यास बिल्कुल सरल हो जाता है तो आइए हम वाणी से परे की स्थिति का पुनः पुनः अभ्यास करें वाणी में आना दूसरों को ज्ञान सुनाना वाणी के आनंद में रहना ये तो हम सब को भाता है पर अब हमारा मुख्य इंटरेस्ट बन जाए वाणी से परे रहना बहुतों को ऐसा अनुभव होता है कि जब वो परमधाम में स्थित होते हैं तो उनका सिर भारी होने लगता है या उनको स्ट्रेन पड़ने लगता है सिर दर्द हो जाता है इसका कारण है जो बहुत व्यर्थ में रहे हैं उनकी ब्रेन की शक्तियाँ काफी नष्ट हो चुकी हैं, अब वो एकाग्र होने नहीं देती क्योंकि एकाग्र होने में भी ब्रेन को शक्तियां चाहिए अगर ब्रेन बहुत निर्बल है तो एकाग्रता वो ज्यादा समय नहीं कर पाएगा इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने एक मनुष्यों पर सर्वे करके ये कहा कि कोई भी मनुष्य 10 मिनट से ज्यादा एकाग्र नहीं हो सकता परंतु श्रेष्ठ योगी जो बहुत पवित्र हैं, वो लंबा काल की एकाग्र हो सकते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि पवित्रता के कारण काफी कैपेबल काफी एनर्जेटिक काफी स्ट्रोंग हो गई होती है तो हम अपनी प्योरिटी को भी बहुत बढ़ाए ताकि हम वाणी से परे रह सके क्योंकि वो धाम संपूर्ण पवित्र धाम है बाबा भी पवित्रता के सागर हैं और वहाँ वही आत्मा स्थित हो सकती हैं जिनकी प्योरिटी बहुत सुंदर है हम प्योरिटी पर तो चर्चा करते ही आते हैं लेकिन ध्यान दें बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्पों में भी हमारी प्योरिटी की शक्ति नष्ट न हो रही हो साधारण संकल्प भी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कमजोर न कर रहे हो तो ऐसा दिन बार बार एक ही अभ्यास करेंगे ये देह अलग मैं आत्मा अलग आत्मा का स्वरूप बिल्कुल इस स्पष्ट दिखाई दे और ये जितना अभ्यास करेंगे उतना ही दूसरा अभ्यास सहज होगा परम धाम में बाबा के स्वरूप पर बुद्धि लगे तो बार बार एक्स रिडी होकर परम धाम में सर्वशक्तिवान के स्वरूप को निहारेंगे चाहे एक बार ये प्रैक्टिस दस सेकंड करें लेकिन पचास बार कर लें सारे दिन में तो श्याम तक हम अनुभव की खान बन जाएंगे Om oh, Shiva.